नमस्कार स्वागत अभिनंदन कुंभ राशि के जातकों प्रेम राशिफल 2020 क्या संकेत कर रहा है 2020 में आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे क्या आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे आपका विवाह होगा साथ ही साथ यदि आप सिंगल हैं तो क्या आप लोग डबल होंगे या आप लोग वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर चुके हैं तो क्या संतान प्राप्ति होगी इन सभी विषयों पर आज हम प्रकाश डालेंगे क्योंकि ये जो राशिफल ये प्रेम राशिफल है कुंभ राशि के जातकों आप लोगों को एक आवश्यक सूचना ये देनी है कि आपसे संबंधित सारे राशिफल चाहे वो कैरियर राशिफल हो फिर प्रेम राशिफल ये आप देख ही रहे हैं फिर चाहे वो आर्थिक राशिफल हो फिर चाहे वो वार्षिक राशिफल हो और मूलांक पर आधारित राशिफल भी हमारे चैनल पर पड़ चुका है आप लोग जा करके देख सकते हैं इनसे आप लोग लाभ ले सकते हैं जो भी हमने उपाय जो भी प्रयोग बताए हैं इसको आप लोग कर सकते हैं तो अधिक समय न लेते हुए हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि बहुत मेजर बहुत बड़ा ये राशिफल हमको नहीं बनाना है बड़ा राशिफल ऑलरेडी पड़ा हुआ है विस्तृत राशिफल जिसको बोलते हैं तो कुंभ राशि के जातकों 2020 में प्रेमी जातकों के लिए ये वर्ष उम्मीद से ज़्यादा शुभ रहने वाला है प्रेम की संभावनाएं बनेंगी नए प्रेम संबंध आपके स्थापित होंगे बिकॉज ऑफ प्रेम के जो आपके लव के कारक प्लैनेट बनते हैं मरकरी ये सूर्य के साथ विराजमान है लेकिन थोड़ी सी ये ईगो बढ़ाते हैं क्योंकि बुधादित योग बन जाता है और जो बुधाधित योग का जातक है ना ये मामूली नहीं होता ये हर एक चीज़ को तोलता है उसके बाद आगे जवाब देता है तो थोड़ा सा ईगोस्टिक आप लोगों को बनाएंगे जो कि आपकी रिलेशन में परेशानी कर सकते हैं तो पार्टनर के साथ बात बिबाद मत करिएगा अन्य न्यथा आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है यदि आपका पार्टनर नाराज है तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा उसको मनाने के लिए आप लोग प्रयत्न करिएगा निश्चित ही आपके फेवर में आपके पक्ष में बुद्ध देव और सूर्य देव ये मदद करेंगे दोनों लोगों के बीच दूरिया समाप्त करने के लिए विवाहित जीवन जिनके बीच चल रहा है उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है यदि आप लोग मेल हैं तो फीमेल है तब हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि देखिए संतान का होना ये जो है एस्ट्रोलॉजी भी मानती है कि व्यक्ति के ऊपर आदमी के ऊपर निर्भर करता है तो पुत्र संतान की प्राप्ति हो सकती है यदि आप मेल हैं ये राशिफल आप हमारा देख रहे हैं साथ ही साथ जिनसे आप प्यार करते हैं तो उनसे विवाह के बंधन में बंधने के लिए थोड़ा सा आपको घर वालों से संघर्ष करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको जो है सावधान रहने की यहाँ पर हम सलाह दे रहे हैं आपके ऊपर कोई आघात हो सकता है आपके साथ कोई चीटिंग हो सकती है आपके साथ कोई धोखा हो सकता है तो आप लोगों को देखिए हमने पहले बता दिया कि कोई चीटिंग हो सकती है धोखा हो सकता है तो बी अलर्ट अलर्ट रहिएगा देखिए ज्योतिष यही है कि आपके साथ भविष्य में कुछ घटित होने वाला होता है वो पहले आपको बता देता है तो आप लोग अलर्ट रहिएगा वार्षिक राशिफल में हमने वो चीज़ बताई हुई है तो प्रेम राशिफल दो में आपके प्यार को मान सम्मान वृद्धि मिलेगी बुद्ध जो कि आपके लिए संतान भाव के प्रेम संबंध के जो है प्रेमी स्थान के मालिक हैं जो लाभ के स्थान पर सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे जिसका लाभ आपको अत्यधिक मिलेगा जिनसे आप विवाह करेंगे उनके कारण आपको कुछ ना कुछ जो है प्राप्ति होगी चाहे वो धन की प्राप्ति हो चाहे वो नौकरी की प्राप्ति हो जो कुंभ राशि के जातक हैं और संतान प्राप्ति में इनको बाधाएं आ रही थी तो इस साल इनकी संतान होती हुई दिखाई पड़ रही है संतान से इनका विशेषकर इस साल बहुत ज्यादा जो है लगाव भी रहेगा मार्च के अंतिम दिनों में देखिए गुरु आपकी राशि से बारहवें स्थान में आ जाएंगे तो इसके साथ ही गुरु की पंचम दृष्टि सुख भाव पर पड़ेगी जिससे आपको प्रेम के सुख की प्राप्ति होगी इसके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मई माह के दूसरे सप्ताह में शनि वक्री हो रहे हैं जिसके बाद आपकी परेशानियों में थोड़ी सी जो है इजाफा हो सकता है क्योंकि शनि जब वक्री होता है तो वाद विवाद और मनमुटाव को जो है जन्म देता है इसकी प्रबल संभावना रहेगी कुंभ राशि के जात को स्वराशिगत शनि रहेंगे तो कोशिश कीजिएगा जो है अभी हम उपाय बता रहे हैं उसको आप लोग जरूर करिएगा तो अपने जीवन साथी के साथ किसी भी बात को लेकर के झगड़ा मत करिएगा अकारण आप लोग शक मत करिएगा साथ ही साथ उनको अकेला मत छोड़िएगा जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने जो है रात बिरात उनको अकेला छोड़ दिया घर जाने के लिए ये मत करिएगा अन्यथा कोई अहित हो सकता है तेईस uh, सितंबर को राहु देव का भी देखिए मेजर जो है चेंजेस हो रहे हैं राशि परिवर्तन हो रहे हैं जो कि आपकी राशि से चौथे स्थान पर होने जा रहा है तो सुख के लिए ठीक रहेगा आपका प्यार जो रहेगा परवान चढ़ेगा आप लोग घूमने फिरने के लिए बाहर जा सकते हैं लेकिन माता को कुछ आपके कष्ट हो सकता है साथ ही साथ उनतीस सितंबर को जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो समस्याओं में कमी आएगी नवंबर के माह में गुरुदेव जो है एक बार पुनः अपनी राशि में जाएंगे तो कुल मिलाकर के आपको लाभ की स्थिति में पहुंचाएंगे और हाँ दर्शकों की प्यार के मामलों में ये साल एवरेज रहेगा मध्यम रहेगा ठीक ठाक रहेगा जिनसे भी आप प्यार करते हैं आ, पारिवारिक स्वीकृति तो नहीं मिलेगी कोर्ट में जाकर के कोर्ट मैरिज इत्यादि करने के भी देखिए दर्शकों योग बन रहे हैं तो ये चीज़ें इंडिकेट कर रही प्रेम के मामलों में साथ ही साथ नए प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है यदि कोई पुराने प्रेमी आपसे रूठ के गए हैं वो भी आपके पास इस साल 2020 में वापस आते हुए दिखाई पड़ेंगे उपाय नोट कर लीजिए बहुत ही जरूरी बहुत ही आवश्यक चीज होती है लेकिन आप लोगों को बता दें कि कुंभ राशि के जातकों करोड़ों लोगों की कुंभ राशि है आपकी कुंडली में वास्तव में क्या घटित हो रहा है इस समय किस ग्रहों की महादशा चल रही है पंचमेश की पोजिशन क्या है सप्तम स्थान के लॉर्ड आपके कहा बैठे हुए हैं तो इसके लिए आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए ये उपाय तो कुंभ राशि के जातक करेंगे ही करेंगे लेकिन आप लोग अपने लिए अलग से स्पेशल उपाय जान सकते हैं तो आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं उपाय के तौर पर आप लोग नोट कर लीजिए सबसे पहले करना क्या रहेगा संडे वाले दिन आप लोगों को गाय को गुड़ खिलाना रहेगा ये हर संडे क्रिया आपको करनी रहेगी कम से कम आप लोग फोर्टी रविवार संडे आपको ये प्रक्रिया करनी रहेगी दूसरा दर्शकों आपको करना ये रहेगा शुक्रवार वाले दिन आपको कोई परफ्यूम या सुहाग से संबंधित सामग्री जैसे कि मेहंदी हो गई चूड़ी हो गई बिंदी हो गई ये किसी सुहागिन स्त्री को आपको देना रहेगा तीसरा एक प्रयोग है माह में एक बार फ्राइडे के दिन शुक्रवार के दिन आप लोगों को जाना है और लक्ष्मी नारायण मंदिर में लाल रंग की चूड़ियों को आपको मां लक्ष्मी को अर्पित करना रहेगा साथ ही साथ कोई सुगंधित धूप बत्ती आप वहां पर जो है जरूर जलाइएगा एक अंतिम उपाय बताते हैं बहुत ही अच्छा उपाय है यदि मान लीजिए कि आपके घर में स्वीकृत नहीं मिल रही है तो जिनसे भी नहीं मिल रही है एक दुर्गा सप्तशती का मोर पावरफुल मंत्र है इसको आप लोग स्क्रीन पर भी देख लीजिएगा गलती मत करिएगा ज्ञानी नाम अपनी देवी भगवती ईसा डैश डैश डैश ये जो डैश है इसमें उनका नाम रहेगा जिनकी स्वीकृति आपको लेनी है मोहाय महामाया प्रेक्षिति इस मंत्र को एक सौ आठ बार करिए देवी चंदन की माला लाल चंदन भी जिसको बोलते हैं उस माला से करेंगे तो और अच्छे इसको रिज़, आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे एक दीपक जला लेंगे तो बेहतर रहेगा तो ये आप लोग मंत्र जाप करिए निश्चित आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए और हाँ अपने पार्टनर के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पर फेसबुक पर ज़रूर शेयर कीजिए दीजिए इजाज़त तब तक के लिए नमस्कार